मेरे नन्हे मुन्ने साथियों मुझसे दोस्ती करना चाहते हो मैं बनूँगा आपका सच्चा दोस्त नया फ्रेंड डायनो मेरा नाम है डायनो मैं रोज़ सुनाऊँगा आपको नई नई कहानियाँ नए नए किस्से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देखते रहें मुझे और मुझसे ज़रूर जुड़ जाएं तो दोस्तों यदि आपको मुझे अपना फ्रेंड बनाना है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें जी हाँ सब्सक्राइब करते ही मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा नीचे दिए गए बटन पर तुरंत क्लिक करें